हालात जमाने के समझने नहीं देते अच्छा हा... हालात जमाने के समझने नहीं देते हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते अच्छा हाँ ये हालात जमाने के समझने नहीं देते हम साथ में हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते नफरत की हवाओं को जमाने से मिटा दो गुल्फर के चिरागों को जो जलने नहीं देते